हेलो गाइज कैसे हो आप सब आज हमारे गांव में एक कोबरा सांप निकला है जो हम लोगों ने सब ने मिल वीडियो बनाई और बहुत मज़े भी किए देख के उनको बहुत ही अच्छा लगा इसके साथ फ़न करके और क्या बताएँ यार बहुत सारे दोस्त थे साथ में और मिल मज़े किए